लाख ठुकरा है जमाना मुझे गम नहीं मेरी माँ कहती है मेरा बेटा किसी से कम नहीं मैं मेरे के लिए जी रहा हूं। जमाना मेरा बाप राजा नहीं है मगर पाला मुझे राजकुमार की तरह है जब तुम किसी के साथ में जीना चाहोगे वो तुम्हें जीने नहीं देगा तुम्हारी जिंदगी लेके किसी और के साथ में जिएगा झूठी वफाओ की झूठी कहानी और सुनाएंगे हम